हेलो गाइस मैं सुमेश शर्मा और सुमेश शर्मा मोटिवेशन वीडियो चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है और आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी पोयम लेके आई हूँ जो माँ के ऊपर है वास्तव में माँ ईश्वर का प्रतिरूप होती है मातृत्व का कोई मोल नहीं होता संसार का कोई भी प्राणी माँ किरण से उरण नहीं हो सकता तो चलते हैं अपनी छोटी सी कविता की तरह भावों की तू अजब पिटारी अरमानों का तू सागर नाजुक से एहसास हो कि एक नर्म मुलायम सी चादर, खट्टी मीठी फटकारें और कभी पलट कर वही दुलार जीवन का हर पल तुझमें में माँ तुझसे है सारा संसार जिसकी खातिर सब कुछ वारा अपनी खुशियाँ जानी ना, वक्त कहाँ उस पर अब माँ तेरे दुख दर्द चुराने का उम्मीदों को पंख लगाने बड़े शहर को निकली जब छुपी रुलाई देखी तेरी प्यार का तब समझा नकला मिट्टी की तू सेंधी खुशबू संबंधों की नर्म नमी नए शहर में हर मुकाम पर बस तेरी ही खली कमी हैरत है हैरत है हर चेहरे पर थे कई मुखौटे और नकाब तुझसा भी क्या होगा कोई चलती फिरती खुली किताब रिश्तों की गर्माहट तुझसे तुझसे प्यार भरा एहसास ले भरपूर दुआएं अपनी हरदम थी तू मेरे पास हरदम थी तू मेरे पास अरे किसने कहा फरिश्तों के जग में दीदार नहीं होते माँ की गोद में लो एक झपकी सपने साकार सभी होते सपने साकार सभी होते धन्यवाद